आज हम बहुत ही प्यारी धोती सलवार बनेंगे अच्छा तो शुरू करते हैं ये हमने ढाई मीटर कपड़ा लिया है सलवार का कपड़ा ये इसको काटना शुरू करते हैं हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया इसको एक साइड से और हम सात इंच की हम पहले बेल्ट निकालेंगे हमारी उन्नीस की हिप है तो हम दो इंच एक्स्ट्रा कट कर देंगे हम इक्कीस पे हम कट कर देंगे ये हमारी बेल्ट तैयार अब हम बाकी बचे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अब इसके इस एक कोने को इस तरह से हम रख देंगे देखिए हमारी उनतालीस इंच की सलवार है तो हम इसके हिसाब से 35 इंच पे इस तरह से कट कर देंगे और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे इस तरह से यहाँ से हम इस कोने को कट कर देते हैं यहाँ पे डेढ़ इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से हम गोलाई लेते हुए आसन को कट कर देंगे ये देखिए अब हम इस फोल्ड हुए कपड़े को कट कर देंगे हमारी सलवार कटकर रेडी हो चुकी है ये हमने बेल्ट का कपड़ा लिया है इस तरह से हम इसको सेल देंगे यहाँ पे हम चिड़िया बनाएंगे अब हम सलवार के कपड़े को लेंगे इनके दोनों आसन को हम जोड़ देंगे अब हम इन पे डबल सिलाई कर देंगे देखिए हमने बेल्ट के हाफ इसी पर निशान लगा लिया इस तरह से फोल्ड करके हमने चारों साइड निशान लगा दिया हम बेल्ट के पीछे का कपड़ा लेंगे और यहां से आसन वाले इस निशान पे रख देंगे देखिए इस तरह से हम पीछे की दो प्लेट्स डालेंगे और इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक ये देखिए इस कट को इस कट तक हम इस साइड की प्लेट्स डालेंगे अब हम इस कट्स तक पहुँचने के बाद यहाँ पे उल्टी प्लेट्स डालेंगे वहाँ पे हमने नीचे की तरफ फोल्ड की थी प्लेट्स यहाँ हम ऊपर की तरफ फोल्ड्स करेंगे अब इस निशान तक यहाँ तक इस प्लेट्स को कंप्लीट कर देंगे अब यहाँ तक आने के बाद हम वापस से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए प्लेट्स डालेंगे जहाँ तक कट नहीं आता देखिए अब कट्स तक आने के बाद हमने यहां तक डाली अब हम ऊपर की साइड फोल्ड्स करके प्लेट्स डालेंगे एक बार नीचे की तरफ एक बार ऊपर की तरफ नीचे ऊपर देखिए ये हमारी प्लेट्स डल तैयार हो गई अब हम नेफी को मोड़ेंगे यहां से हम पूरी बेल्ट प्लेट्स के ऊपर डबल सिलाई कर देंगे कुछ इस तरह से ये देखिए। अब यहाँ पे नीचे वाले पंजे के कट पर आ जाते हैं यहाँ पे हम साढ़े पांच इंच का निशान लगा देंगे जिसको छ इंच का लगाना है वो छह इंच का लगा सकता है अपने पैर के हिसाब से ये देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ भी सिलाई कर देंगे डबल इसी तरह से पर दोनों साइड हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई अब हम नीचे वाले इस साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे दोनों साइड अब हम इस तरह से हमारी सलवार को बंद कर देंगे देखिए हमारी सलवार बनकर रेडी हो चुकी देख के कितनी प्यारी लग रही है आप भी बनाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा देखिए आप भी बनाएंगे। थैंक यू अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें